मित्रों एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका की नाम है टेक बिहारी जी चैनल मित्रों आपका सहयोग प्राप्त हो रहा है अपना सपोर्ट और सहयोग इसी तरह बनाए रखें तथा तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और अभी तक अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मेरे द्वारा समय समय पर दी जाने वाली सूचनाएं आप लोगों को प्राप्त हो सकें और आप उसका माध्यम से लाभ उठा सकें लाभान्वित हो सकें मित्रों हमारा ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है साथ ही साथ हम समय समय पर मिलने वाली शिक्षा उपयोगी रोजगार उपयोगी रोजगार से संबंधित तथा महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से साझा करते हैं जिससे अधिक से अधिक संख्या में दूरदराज के क्षेत्रों में सभी लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँच सकें इसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें आइए चलते हैं अपने आज के इस वीडियो पर शिक्षा के अधिकार में निशुल्क प्रवेश प्रारंभ मित्रों हमारी सरकार शिक्षा के लिए गरीब तबके के लिए निरंतर प्रयासरत है सरकार का ये प्रयास रहता है कि कि शिक्षा प्राइमरी शिक्षा सभी लोगों तक पहुंच सके इसके लिए आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश प्रारंभ किए गए हैं जी हाँ आपका आप अगर बीपीएल पी एल कार्डधारी हैं और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस देने में असमर्थ हैं तो भी आपका बच्चा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकता है और अपना भविष्य संवार सकता है इसके लिए आपको आई के तहत आवेदन करना होगा इसके लिए आवेदन प्रारंभ हो गए हैं आइए जानते हैं निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के लिए निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सत्यापन अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापन सत्यापन में पा, पात्र पाए गए बच्चों में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जा रहा है प्रवेश के इच्छुक आवेदक अपना समग्र आईडी आधार एवं आधार नंबर दर्ज कर अपने ग्राम वार्ड पड़ोस व विस्तारित पड़ोस के प्राइवेट स्कूल में कक्षावार प्रदर्शित आरक्षित सीटों में निशुल्क प्रवेश हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केंद्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होगा तो मित्रों बहुत ही अच्छा अवसर है बी पी एल कार्डधारियों के लिए अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देना देने का अवसर है उनको बेहतरीन स्कूलों के माध्यम से बेहतरीन शिक्षा से जोड़िए और इस योजना का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाइए धन्यवाद